महाभारती को वंदन और आप सभी सिंह राश के जातकों का अभिनंदन करते हुए सिंह राशि के जातकों का कैरियर राशिफल 2020 क्या कुछ नई सौगात लेकर के आया है करियर के मामलों में आज हमारी चर्चा का ये विषय रहेगा साथ ही साथ 2020 को आप कैसे शुभ हुआ प्रभावी बनाएँ इस विषय को आज हम बताएंगे और अंत में उपाय भी बताएंगे तो दर्शकों देखिए प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि स्किप मत करिएगा वीडियो नहीं तो कोई भी टॉपिक छूट जाएगा तो आपकी ही हानि होगी अधिक समय ना लेते हुए चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो सिंह राशि के जातकों साल दो में सिंह राशि के जातकों का जो कैरियर रहेगा ये इनके जीवन में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा बुलंदी के नए शिखर पर जाएगा नए आयाम स्थापित करेगा इस साल आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है बिल्कुल अवसम आप उम्मीद नहीं किए होंगे लेकिन ये बिना आपकी मेहनत के नहीं होगा यह भी एक सत्य है आपकी कुंडली में इस साल शनि ग्रह छठे भाव में रहेगा जिससे कार्यक्षेत्र में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे देखिए शनि यहां पर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रोल प्ले करेगा अगर आप इस वर्ष कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाते हैं यूपीएससी देने जाते हैं स्टेट सर्विस के एग्जाम देने जाते हैं यूपीपीसी देने जाते हैं एम या आर जो भी ईटीसी जो भी एक्सेट्रा आप जो है सर्विस के एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें उसमें आप आप सफल होंगे, उसमें आपके विजय होने की प्रबल संभावना रहेगी। अब एक से आप और क्या करने वाला साल रहेगा इस वर्ष सिंह राशि के जातक उमंग से व उत्साह से लबरेज भरे हुए रहेंगे जिसके बूते पर आप अपने प्रतिद्वंदियों पर अपना दबदबा कायम रख सकते हैं इस वर्ष कार्योन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं नौकरीशुदा जातकों के लिए उनके कद उनका पद उनके वेतन में वृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं जो जातक कुछ नया शुरू करना चाहते हैं कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ष काफी सफलता दायक रहने का जो है रहने वाला रहेगा जो लोग आयरन से रिलेटेड लोहे से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संचार से रिलेटेड कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड बुक्स से रिलेटेड स्टेशनरी से रिलेटेड यदि इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं यदि आप कलाकार हैं एक्टर हैं डांसर हैं सिंगर हैं आपके लिए बहुत अच्छा साल है आपकी फिल्में बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस पर जो है अच्छे कलेक्शन दे करके जाएगी वर्ष की शुरुआत से ही आपके लिए मान सम्मान व प्रतिष्ठा पाने का योग बन रहा है सिंह राशि के जात को आप लोग हल्के में मत लीजिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य वर्ष कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में बुद्ध के साथ विराजमान है बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा योग बन रहा है हालांकि उनके साथ देवगुरु बृहस्पति शनि और केतु भी पंचम भाव में पंचग्रही योग देखिए मौजूद है लेकिन बावजूद इसके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के पश्चात ये वर्ष आपके लिए उन्नति वाला रहने वाला है एक शब्दों में यदि हम कहें तो सिंह राश के जातकों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है पंचम भाव में ही सूर्य का शनि और केतु के साथ होना थोड़ा सा आपके पिता और सीनियर अधिकारियों के लिए जो है आपके साथ वैचारिक मतभेद बढ़ा सकता है जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे होंगे आपके अधिकारियों के साथ थोड़े से संबंध मधुर नहीं रहेंगे सफलता व उन्नति पाने के लिए जहाँ तक हो सके पिता व अपने सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बना करके रखिए कर्म भाव के स्वामी आपके लिए देखिए यहाँ पर वीनस बनते हैं जो आपकी परेशानियों में इजाफा होने के थोड़े से संकेत भी दे सकते हैं थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं लेकिन यह अपने मित्र ग्रह की राशि में मौजूद है जिससे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन देखिए मेहनत के साथ साथ ये आपको फल भी देंगे विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है हमने पूर्व में भी कहा कि कॉम्पिटेटिव छात्र जो हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कोई रिजल्ट यदि आपका पेंडिंग है आपके पक्ष में आएगा रेलवे एसएससी या जो है जो भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो है सेक्रेटेरियन से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अपने पसंद के किसी संस्थान में आपका जो है आ, क्या कहते हैं चयन हो सकता है कोर्स के मामले में यदि हम बात करें तो विदेश में जाकर के मनपसंद संस्थान में आपका जो है प्रवेश होगा शनि के राशि परिवर्तन जब 24 जनवरी को करेंगे छठे स्थान पर आने पर आपके प्रतिवंदी आपके समक्ष चुनौतियां खड़ी करेंगे लेकिन शनि के अपनी ही राशि में होने के कारण आपको इन चुनौतियों का उचित जवाब जो है जवाब आप लोग दे सकते हैं मतलब आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे लेकिन शनिदेव की मदद से आप उनसे पार पा लेंगे वर्ष की पहली तिमाही के लगभग अंत में गुरु और शनि का छठे स्थान में आपके लिए यह योग बनाएगा कि आप किसी भी चुनौतियों को आसानी से पार कर जाएंगे प्रतियोगिताओं में सफलता आपको मिलेगी प्रतियोगिताओं में आपको मान मिलेगा सम्मान मिलेगा प्रतिष्ठा मिलेगी वृद्धि का सूचक है ये साल ये समय जो रहेगा आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय रहने वाला सिंह राशि के जात को बृहस्पति और शनि चूँकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं जब ये शनि के साथ आएंगे तो नीच के हो जाएंगे लेकिन इनका नीच भंग राजयोग आपके लिए जो सफलता है इसको बहुत बड़ी उपलब्धि कर देगा मतलब जो छोटी सफलता है उसमें बड़ी उपलब्धि दिला देगा मार्च के अंत में आपको कोई प्रमोशन इत्यादि मिल, मिलेगा मई माह के लगभग मध्य में शनि और गुरु वक्री हो जाएंगे यानी इनकी चाल बदल जाएगी वक्री ग्रह जो होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं तो जब इनकी चाल बदलेगी तो इससे आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे इस समय थोड़ा सा आपके मन में चिंता आ सकती है लेकिन धैर्य के साथ काम करिएगा जो हम उपाय बताएंगे उसको आप लोग जरूर करिएगा तीस जून को बृहस्पति वक्र अवस्था में ही पुनः पंचम भाव में आ जाएंगे जो आपकी योजना बनाने की क्षमता को बढ़ाएंगे और पंचम से पंचम दृष्टि पंचम से पंचम दृष्टि जो देंगे ये कहां पर देंगे भाग्य के घर में देंगे तो इसमें आपको आपके सपने संजोने में सहायक सिद्ध होंगे सितंबर का समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण व सौभाग्यशाली कहा जा सकता है विशेषकर कैरियर के मामले में इस समय ग्रहों की चाल आपके बड़े बदलाव की संकेत कर रही जुपीटर की नवम दृष्टि लग्न से पढ़ने पर आप कोई छोटे से काम में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी जैसे ही गुरु व शनि मार्गी होंगे तो जहां आपके लिए जो है लग रहा था कि क्या करें कैसे पार होगा तो वहां पर भी आप लोग जो है पाला मार आएंगे मतलब पाला छू करके आप चले आएंगे वही एक बात और बता दें कि राहु भी राशि परिवर्तन दर्शकों कर रहे हैं तो राहु की आपकी राशि से कर्म भाव में जब आएंगे इनका जब परिवर्तन होगा तो कार्य क्षमता का आपके अंदर विकास करेंगे सीनियर्स की जो अपेक्षाएं रहेंगी ये आपसे बहुत ज्यादा बढ़ेगी उनके कसौटियों पर आपको खड़ा उतरना पड़ेगा क्योंकि देखिए राहु क्या है राहु आपसे मेहनत करवाएगा उच्च के राहु आपको हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करेंगे हालांकि राहु आपकी परीक्षा भी यहां पर लेंगे तो जितना संभव हो सके अपने अहंकार पर आपको काबू रखना होगा हो सकता है आपके अधिकारी किसी को भेस बदल करके आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजें या आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं आपकी कोई जो है आप किसी बड़े पद में हैं और आपके उससे बड़े अधिकारी आपकी परीक्षा लेने के लिए भेज दें तो इन सब से आपको बच के रहना रहेगा तो कुल मिलाकर के यदि हम एक शब्दों में ये बात करें तो 2020 हजार सिंह राशि के जातकों के लिए एक सफलता दायक एक उन्नतिकारक और काफ़ी कुछ देने वाला उत्कृष्ट वर्ष रहने वाला है सिंह राशि के जातकों तो दर्शकों इस वर्ष में उपाय क्या आप लोगों को करने रहेंगे लेकिन देखिए दर्शकों उपाय पर आते हैं तो तमाम दर्शकों के यहाँ कमेंट आते हैं अरे पंडित जी आपने इतना अच्छा बता दिया तो हमको मिलेगा ही मिलेगा तो दर्शकों ऐसा नहीं है देखिए जिस प्रकार जब आपके शरीर में कोई व्याधि आती है तो आप लोग क्या करते हैं आँखों में व्याधि आई क्या करेंगे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे दातों में आएगी डेंटिस्ट के पास जाएंगे हड्डियों से रिलेटेड हड्डी टूट गई क्या करेंगे इंतजार करेंगे कि हड्डी अपने आप जुड़ेगी आर्थोसर्जन के पास जाते हैं ना तो इसी प्रकार से दर्शकों भाग्य होता है ये जो सिंह राशि है बेसिकली चंद्र राशि पर आधारित है करोड़ों लोगों की ये राशि ये आपकी ही नहीं आपकी तो है ही है आपके साथ साथ करोड़ों लोगों की है ये भी आप समझिए आप कब पैदा हुए उस समय ग्रहों की गोचर की स्थिति नक्षत्रों के गोचर की स्थिति क्या थी वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है आपके कर्म भाव के स्वामी किस अवस्था में है सब डिविजनल में नौमांश में डीटेन चार्ट में इनकी पोजिशन क्या है कौन सी महादशा चल रही है कौन सी अंतरदशा चल रही है योगनी दशा क्या चल रही है गोचर में अष्टक वर्ग में कितने नंबर उनको तो कई चीजें बहुआयामी है देखिए दर्शकों ज्योतिष विद्या सत्य है ज्योतिषी नहीं सत्य है आजकल के जो 90 परसेंट ज्योतिषी हैं ये धूम्र केतु हैं ये केवल आप लोगों से पैसे ऐट लेते हैं पूजा पाठ के नाम पर आपके भाग्य बदलने के नाम पर तो ऐसे नक्कालों से आपको जो है नक्काल लोगों से मक्कार लोगों से सावधान रहिएगा पहली बात दूसरा दर्शकों जिस प्रकार हमने आपको बताया कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप हमारे पास भले मत आइए लेकिन किसी ज्योतिषी के पास आप जाइए और अपने जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको एक बार दिखवाइए तो सही कि आखिर में रुकावट कहां पर है तब आपको पता चलेगा ना तो दर्शकों सिंह राशि के जातकों वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमने डाल दिया मूलांक के आधार पर जो भी भविष्यवाणी करते हैं नाइन्टी का जो है रनरेट हमारा चल रहा है भागीरथ श्रृंखला जो लोग सक्सेज हो रहे हैं हमारे चैनल पर आके हमसे जुड़ते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ग्रहों का गोचर व राशि परिवर्तन हमारे चैनल पर पड़ता रहता है दैनिक राशिफल भी हम डालते हैं और एक बात आपको बता बताते जब भी दैनिक राशिफल पे हम लाइव होते हैं फ्री में कुंडली लेना शुरू कर देते हैं तो यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बना बेलाइकन जरूर दबा सकते हैं तो उपाय क्या करना रहेगा देखिए सबसे पहले अपनी कुंडली दिखवा लीजिए और यदि हो सके तो एक आप पुखराज या माड़िक रत्न आप धारण कर सकते हैं पुखराज और माड़िक आपको यहां पर दोनों लाभ की स्थिति देंगे लेकिन आपको अपनी कुंडली दिखवानी पड़ेगी दूसरा यदि आप इन दोनों रत्नों को नहीं धारण कर सकते हैं तो एक हल्दी की गांठ शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को जो है लेना है पीले कपड़े में आपको बांध के अपने पास हमेशा रखे रहना है तीसरा प्रयोग आपको करना क्या रहेगा तो आपको दूध में हल्दी डाल करके आपको ग्रहण करना होगा तो ये आप प्रयोग करिए वर्ष में दो बार आपको रुद्राभिषेक करवाना होगा और गन्ने के रस से करवाना होगा जिससे आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी संडे वाले दिन हनुमान जी को मीठा पान प्लस खोए से बनी हुई एक मिठाई और एक रुपए का सिक्का आप लोग जरूर चढ़ाइए किसी जो है मतलब पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर या लाल रंग के कपड़े पर रख के आप चढ़ा सकते हैं ये आप कार्य करिए मंगलवार वाले दिन हनुमान अष्टक का पाठ आपको जो है तीन बार करना होगा और हनुमान जी आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे चूंकि सूर्यदेव गुरु हैं तो आपके कार्यों को तो सिद्ध करेंगे ही करेंगे तो दर्शकों कैसा लगा ये प्रोग्राम और हमने उम्मीद की होगी कि आपने अभी तक जय श्री राम का कमेंट भी कर दिया होगा ये जो सिंह राशि का कैरियर राशिफल है इसको जब लोग कमेंट करने जाए ना तो सब लोग देखें अरे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मतलब राम नाम से ही जो है वास्तव में जो राम नाम है यही सबसे मीठा है सबसे मधुर है और इसी से नैया पार लगेगी सबकी तो आप लोग भी अपनी नैया पार लगाने के लिए जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए जाते जाते आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो वायरल करने में आप लोगों का बहुत रोल रहता है तो इसके लिए आपके आजीवन रेडी रहेंगे कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेलाइकन जरूर दबाइए नौ वर्ष की असीम अनुकंपाओं के साथ आप लोगों को छोड़े जाते हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जयरी